लड़की को डेट करते पूछी मैं को कैसे तो कर देखे नहीं दे रहा छोटा इसलिए ललड़ तू बड़ बड़ तू ललड़ तू सर सर ना केत दौड कौन नहीं दिख रहा है टका झन्ना वाले बोल जे वीणाल अपने वही को समझो मेरा प्यार लड़की बोले तो खजवे विचार बटा बटा चला चला क्या मिलेगा मिलेगा सोच रहा मैं मिलेगा मिलेगा ऊपर से हो जाएगा मन देवी सोच लनन में गुद बड़े के के लिए घर में मेरा मेरा मेरा नहीं दोस्त बोला वो उस दिन के ले से घर में mala ko hai ye tushaan kar sha